दुनिया की शक्ति में भारत एक शक्ति है सर्वो सर्वोत्परि अकबर ये होती है दुनिया की शक्ति में भारत एक शक्ति है सर्वो सर्वोपरि अकबर ये होती है काल हो विकराल हो कैसा भी चंडाल हो कालो विकराल हो कैसा भी चंडाल हो दुनिया की खातिर जो एक ढाल हो भारत इकलौता देश हमारा ये सब आज जान लो भारत इकलौता देश हमारा आज ये सब जान लो